इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन पढ़ा था ठीक है? आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हैं हैं, पढ़ते इनके बारे में। टीचर होती है। उनके लिए आता है प्रिंसिपल ऑफिस से एक, आता एक नोट आता है ठीक है एक क्या आता है नोट आता है सी वॉज ट्रबल टू रीड इट और उसको पढ़ के जो है परेशान हो जाती है कौन मिस मैशन Then she asked the class to pay attention और कहती है कि सभी क्लास के बच्चे क्या करेंगे के, के लिखा हुआ होता है इट गेव द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेंडास लिविंग स्कूल सिंस दे है इंफॉर्मेशन देता है कि वेंडास Wanda, की जो फैमिली है वो स्कूल छोड़ दी है और बड़े शहर में चले गए हैं ठीक है बिग सिटी में चले गए हैं द नोट ऑल्सो हैड एन इनडायरेक्ट कम्प्लेंट और नोट में एक तरह का इनडायरेक्टली कम्प्लेंट जैसे क्या है किसी की अगर शिकायत आप डायरेक्ट नहीं करते हैं लेकिन कुछ शिकायत ऐसी होती है जो आप इनडायरेक्टली भी करते हैं जैसे कैसे देखिए इट सेड नो वन वुड मेक वन ऑफ हर नेम एंड कॉल हर पोलैक बिकॉज दे वर वुड बी मैनी नेम्स एंड फॉरिनर्स लाइक हर इन अ बिग सिटी अब वो कहते हैं कि अब कोई भी जो है उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा उसे पुलैक नहीं कहेगा क्योंकि देर वुड भी कोई भी बिग सिटी में ढेर सारे नाम होंगे उस तरह के फॉरनर्स होंगे कई देशों के कई कंट्रीज के बाहर के लोग बसे होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बड़ी सिटी में ठीक है द होल क्लास वॉज ट्रबल्ड एट वेंडाज लिविंग द स्कूल अब या वेंडा पेटोरस के स्कूल छोड़ दी होती है जिसकी वजह से पूरा क्लास परेशान हो गया होता है देखिए द मैडी कुड नॉट फोकस हर सेल्फ इन स्टडी क्या होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा है आ, पेगी को लगता है कि जो भी उसने अभी तक किया है वो काफी बुरा है और बहुत ही बुरा है इट इज वर्स ठीक है बहुत ही बेकार था जो उसने किया सी वॉज थिंकिंग इफ़ समथिंग कुड बी डन अब पैगी सोचती है कि क्या मतलब कुछ चेंजेस कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं सी वॉन्टेड टू टेल बेंडा वो बेंडा से कहना चाहती थी डैट सी हैड नेवर मैन टू हर्ट हर फीलिंग और वो कहना चाहती थी कि वो उसकी फीलिंग्स को कभी भी हर्ट करना नहीं चाहती थी सी लुकड एट पैगी बट शी डिड नॉट लुक अप वो पैगी को देखती है लेकिन पैडी पैगी जो है उसको नहीं देख पाती आँख नहीं मिला पाती। decided that she must do something and find वेंडा पेट्रोनसकी अब वो सोचती है वो decide करती है क्या कि वो कुछ करेगी और वेंडा पैट्रोनसकी को जो है ढूँढेंगी ठीक है She might be still there at her old house. वो सोचती है कौन Peggy सोचती है क्या कि वो अभी भी क्या हो सकती है अपने पुराने घर पर मौजूद हो She thought that Peggy would go with her and they would tell वेंडा अब मैडी जो रहती है और टैगी रहती है वो सोचती है कि वो जाएंगे और वेंडा को बताएंगे देखें दैट शी हैड वन द कंटेस्ट वो दोनों सोचते हैं कि वो जाएंगे उसके पास किसके पास वंडा के पास जाएंगे और कहेंगे कि उसने जो है प्राइज़ जीता है उसने कंटेस्ट प्रतियोगिता जीत ली है दे वुड से दैट शी है वॉज स्मार्ट एंड दंड्रेड ड्रेसेस सी डिज़ाइंड वर ब्यूटीफुल वो उससे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट है और उसने जो भी हंड्रेड ड्रेसेस अपने डिज़ाइन किए हैं वो क्या है बहुत ही सुंदर थे ठीक है द स्कूल वॉज ओवर इन द आफ्टरनून अब स्कूल क्या होता है ख़त्म हो जाता है दोपहर में बहुत पैगी एंड मेडी हरी डॉब वो जल्दी करते हैं कहाँ आप टूअर्स द बॉगेन साइड देखिए बॉगन साइड मैंने बताया था आप लोगों को कि बॉगिन हैंड्स एक जगह है जहाँ से वेंडा आती थी ठीक है वेंडा आती थी अच्छा देखिए वेगी वॉगन साइड से वो आती थी पैदल चल के और रास्ते में बहुत कीचड़ होता था जो उसके पैरों में लग जाता था इसलिए जो है पीछे बैठा करती थी ऑन द वे पैगी टोल्डर और क्या है वो जल्दी करते हैं बॉगिन हेट जाने के लिए ऑन और पैगी टोल डेट सी नेट कॉल्ड हर फॉरनर और मेड फन ऑफ हर नेम वो कहना चाहते हैं कि आ, वो कभी भी जो है उसे फॉरेनर के लिए मजाक नहीं उड़ाया और कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे देखिए मैडी स्पोक नथिंग ऑन द वे अब मैडी क्या कहती है वो कुछ भी नहीं बोलती है पूरे रास्ते में ऑल शी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा और बस वो यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि वेंडा को ढूंढना है शी वुड टेल हर दैट दे वर बीन सॉरी और वो कहना चाहते हैं रास्ते में बात करते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या वो सॉरी कहना चाहते हैं किसको वेंडा पेट्रोनसी को सॉरी बोलना चाहते हैं दे वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे एंड they would fight anybody who was not nice। नाइस अब वो रिक्वेस्ट वो सोचते हैं कि वो उससे request करेंगे कि वो uh, वहाँ move ना करे और वे चाहते हैं कि वो उससे लड़ेंगे जो उससे डांटेंगे उससे मना करेंगे क्या करने के लिए कि अगर उससे कोई nice नहीं कहता है कोई उसका मजाक उड़ाता है उससे वो लड़ेंगे और उसको मना करेंगे कि आप वेंडा का मजाक ना उड़ाओ बोथ दर प्रोसीडिंग रैपिडली बोथ वर प्रोसीडिंग रैपिडली वो तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं On ऑन सींग लिटिल वाइट हाउस अब वो एक छोटा सा सफ़ेद रंग का घर देखते हैं दे थाट इट वुड बी दैट्रॉस की house. वो सोचते हैं कि क्या ये वेंडा का घर हो सकता है But there was no sign of life. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था no sign of life. ठीक है they knocked at the door, but there was no answer. अब वो डोर को खटखटाती है but वहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिलता है They thought that Petroski had gone. वो सोचती है कि जो है वहाँ से चली गई होगी दे टू गो बैक डाउन दे टू गो बैन एट दिल अब वो क्या है कि हिल से वो नीचे जाने लगते हैं वापस दैगी टोल दे है मैडी से क्या कि अब वो जा चुके हैं और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है बट मैडी वी थिंग कु लेकिन जो मैडी होती है वो सोचती है कि कुछ भी कुछ ना कुछ किया जाए ठीक है देखिएगा दैट नाइट मैडी कुड नॉट स्लीप और वो उस रात जो है मैडी सो नहीं पाती है थाट सी वुडा थाट सी थाट अबाउट मेंडा एंड लिटिल हाउस सी लिव्ड इन और वो मेंडा uh, के बारे में सोचती है और उसके छोटे से घर के बारे में जहाँ वो रहती थी शी थाट ऑल्सो अब वो उसके जो हंड्रेड पिक्चर्स होते हैं थाट ऑफर हंड्रेड पिक्चर्स उसके जो हंड्रेड पिक्चर्स होते हैं ड्रेसेस के उसके बारे में भी सोचती है Made and all lined up in the classroom. Made and all lined up in the classroom. ठीक है बनाया क्लासरूम में बनाया गया रहता है और एक लाइन से रखा हुआ रहता है As ही was unable to sleep, वो रात को सोने की कोशिश करती है बट सो नहीं पाती है She sat up in the bed and started thinking. वो बिस्तर पे फिर उठकर बैठ जाती है और क्या करती है सोचती रहती है After long she took an important decision. और काफ़ी सोचने के बाद वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है she thought uh, sorry she was never going to stand up and say nothing to anyone or wo kabhi kisi se kuch bhi nahi kahegi if she heard anyone treated unkindly agar koi bhi unkindly treat kar raha hai uske anonymous strange name se to wo kuch nahi kahegi she would speak up and she would speak up wo bolegi she would not worry if it meant being losing peggy friend dip friendship she would not worry if it meant being losing peggy's friendship सी वुड नेवर मेक एनी बडी अनहैप्पी अगेन और वो कहती है कि वो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी अगर कोई मजाक उड़ाता है तो उसको रोकेगी बोलेगी शांत नहीं रहेगी और कभी भी किसी को अनहैप्पी अगेन कभी भी किसी को ना खुश कभी भी नहीं करेगी ना ही देखेगी ठीक है ऑन सैटरडे बोथ मैडी एंड पैगी व्रोट अप फ्रेंडली लेटर टू वेंडा अब मैडी और पैगी सोचते हैं कि वो एक लेटर लिखेंगे वेंडा को बताएंगे ठीक है वेंडा टेलिंग हर अबाउट द कंटेस्ट एंड देट सी हैड वो लेटर के माध्यम से एक पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं वेंडा को कि वो एक लेटर लिखेंगे और बताएंगे कि वेंडा तुमने जो है कंटेस्ट प्रतियोगिता जीत ली है दे मेल डिटा वो उस पत्र को मेल कर देते हैं भेज देते हैं दे प्लीज हर ड्राइंग ठीक है वो उसकी तारीफ करते हैं उसकी कला की एंड आस्क हाउ सी लाइक द न्यू प्लेस एंड आस्क हाउस सी लाइक द न्यू प्लेस और पूछते हैं कि तुम्हें नया जगह कैसा लग रहा है इन अ वे देवर फीलिंग सॉरी और वो अपने लिए सॉरी भी फील करते हैं ठीक है दे मेल्ड इट टू बॉग साइट और वो बॉग इन हाइस को मेल करते हैं डेज एंड वीक पास बट देयर वॉज नो रिप्लाई काफ़ी जो है आ, आ, बट यहाँ पर देखेंगे काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन वापस कोई भी वहाँ से उत्तर नहीं आता है रिप्लाई नहीं आता है उनके खत का पैगी स्टार्टेड फॉर गेटिंग वेंडा पैगी क्या है वो जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है तो पैगी जो है वेंडा को भूलने लगती है ठीक है उसकी यादों को देखिए बट मैडी वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट वेंडा लेकिन जो मैडी होती है वो उसके बारे में सोचती ही रहती है किसके बारे में वेंडा के बारे में द क्रिसमस टाइम अराइव्ड अब क्या होता है क्रिसमस का समय आ जाता है द क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड विद द क्रिसमस ट्री अब जो उनका क्लासरूम होता है मैंडा पैगी और वेंडा का वो देखिए पैगी कहती है मैडी वेंडा इनका क्लासरूम जो होता है उसको डेकोरेट किया गया रहता है क्रिसमस ट्री से द टीचर शोड द लेटर ऑफ वेंडा अब द जो टीचर होती हैं वो क्या करती हैं एक वेंडा का लेटर क्लास को दिखाती हैं वेंडा का लेटर क्लास को दिखाती है इट इज स्टेटेड हर फीलिंग अब फॉर रूम नंबर थर्टीन अब देखिए अब वेंडा का एक लेटर जो है टीचर दिखाती हैं और वो उसको सुनाती हैं वो स्टेट करेंगी कि रूम नंबर तेरह रूम नंबर थर्टीन जिसमें ये पढ़ते थे अब उसके बारे में अपनी वो लिखती है शी रोट दैट गर्ल्स कुड कीप आल दो हंड्रेड ड्रेसेस वो कहती है कि जो गर्ल्स हैं वो जो उसके हंड्रेड ड्रेसेस हैं उसको वो रख सकती हैं क्योंकि वो कहती है कि अब उनके नए उसके नए घर में उससे भी आ, उस उसके बिकॉज इन हर न्यू हाउस सी है हंड्रेड न्यू कहती है कि अब उसके नए घर में सौ नए जो सै नए सौ नए ड्रेसेस आ गए हैं शीवि मैरी क्रिसमस टू ऑल और सबको मैरी क्रिसमस की बधाई देती है ठीक है सबको क्रिसमस की बधाई देती है ऑन द वे बोध द गर्ल्स हेल्ड द ड्रॉइंग केयरफुली ऑन द वे बोध द गर्ल्स हेल्ड दर ड्रॉइंग केयरफुली द होल एटमोसफियर स्माइल्ड लाइक क्रिसमस और जो uh, जो गर्ल्स uh, होती हैं वो उसकी ड्राइंग जो है बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से अपने पास रख लेती हैं द होल एटमोसफियर स्माइल्ड लाइक क्रिसमस और जो पूरा वहाँ का वातावरण होता है वो खुशी से गुंज उठता है खुशी से झूम उठता है जैसे क्रिसमस का दिन हो और क्रिसमस का दिन उस दिन रहता भी है देखिए मैडी रेज होम बट सी फिल्ट दैट मैडी घर पहुँचती है लेकिन बट सी फिल्ट देट सी वुर सीडा अगेन अब वो घर पहुँचती है और वो सोचती है कि अब वो कभी भी वेंडा को नहीं देख पाएगी वेंडा से मुलाकात नहीं कर पाएगी आफ्टर अराइविंग होंग मैडी पिंड हर ड्राॅइंग और घर पहुंच के मैडी क्या करती है उसकी ड्राइंग जो है हर ड्राइंग एट द टॉल प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम अब पिंक uh, गुलाबी फूलों के साथ uh, अपने बेडरूम में क्या करती है उनको पेंट मतलब ड्राइंग को लगा देती है ठीक है दीवाल पर द रूम बिकेम फुल ऑफ लाइफ एंड कलर और रूम जो है उसका जो uh, मैडी का रूम होता है वो रंगों से और भर जाता है Maddie looked at the drawing and thought that Wanda had been nice to her. Ab Maddie jo hai wo drawing dekhti hai aur sochti hai ki wo kitni achhi thi Wanda jo hai kitni achhi ladki thi. She went on looking at the picture with tears in her eye. Ab wo picture ko dekhti rehti hai aur uski aankhon mein jo hai pani bharate hain theek hai uski aankhon mein pani bharate hain. She noticed that head and the face of the drawing. Ab वो नोटिस करती है उसका जो ड्राइंग होता है उसका ऊपरी भाग और उसका फेस ड्राइंग का मैच करती है इट वाज एग्जैक्टली मैडी वो देखती है ठीक है और क्या पाती है कि वो मैडी ही है सी थॉट दैट वेंडा हैड ड्रॉन फॉर अब वो सोचती है कि वेंडा ने शायद ये मेरे लिए ही बनाया होगा एंड शी रैन टू पैगी और वो पैगी के पास दौड़ते हुए जाती है टू शो हर पिक्चर अपना पिक्चर दिखाने के लिए जो वेंडा ने बनाया था दे वेंट वेयर वेंडाज ड्रॉइंग वॉज लाइंग दे वेंट अब वो सभी दोनों जो गर्ल्स होती हैं जो बच्चियाँ होती हैं वो वेंडा की ड्राइंग के पास जाके जा, सॉरी वेंडा के ड्राइंग के पास जाती हैं ठीक है जहाँ पे सारी ड्राइंग्स उसकी रखी रहती हैं मैडी रेज इट एंड सेट मैडी उसको उठाती है और कहती है लुक अरे देखो शी शीड्रीव यू और वो कहती है कि अरे देखो उसने तुम्हें भी बनाया है पैगी सेट पैगी कहती है सी मस्ट है कहती है कि वो हमें पसंद करती थी हेयरिंग दर्ड अब ये सब सुनकर मेडी की आंखों में क्या होता है पानी आ जाता है उसकी आंखों में टी या साँसू आ जाते हैं ठीक है दस बोथ द गर्ल्स रियलाइज दैट वेंडा लाइक दैम वेरी मच अब वो दोनों अफसोस करते हैं बहुत ही ज़्यादा और सोचते हैं कि वेंडा उसे उन दोनों को बहुत ही पसंद करती थी ठीक है और लेकिन उन वो उस उनको चढ़ाते थे उसके बावजूद भी वो उनसे बहुत पसंद करती थी अच्छे लगते थे हम दोनों वी शुड नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर वो कहती है कि हमें कभी भी जो है किसी औरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए उनको ठीक है नो बडी कैं से वॉट हैपन कोई नहीं कह सकता कि क्या हुआ ठीक है देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ स्टोरी खत्म होती है और इस कहानी का मोरल ऑफ द लेसन यही है कि हमें भी किसी का भी मजाक जो है या फन उसके नाम का हो उसके कपड़े का हो उसकी अमीरी हो उसकी गरीबी हो इसमें हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता पता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है ठीक है हमें नहीं पता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या ज़्यादा है क्या कम है ठीक है सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है अपनी अपनी लाइफ होती है जीने की अपना अपना तरीका होता है उन तरीक़ों के उनके रहन सहन पे जो है मुझे हमें या मुझे मजाक आपको किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ठीक है बाद में ये बहुत ही अफसोस का कारण बनता है बाद में ये बहुत ही अफसोस का कारण बनता है सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है और कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है सभी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई है आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताएं प्लीज़ और कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसका भी कमेंट करें थैंक यू थैंक यू सो मच फिर से मिलते हैं ठीक है बाय बाय टाटा